है हर का कमरा दिल आ कइ छौ तू खाली हाथ कइ छौ गो किया हमरा तु जल्दी बेर ता कइ छौ गो भंग के पी के तु जब रु बउ रहला कइ छौ समझ नय हे भौजी हे भौजी तोहर कावर कमाल का लग छ हे भौजी हे भौजी तोहर कावर कम हो चाहे बाबा के भक्त पर कृपा जरूर हो चाहे तो में घर साल या चाल बुझलो ने हे भाजी हे भाजी तुहर तो कमल का लाग हे भाजी हे हम भाई भोला दर सुना दिल के के बाबा दिल जोड़ा जोड़ा कांवर ले भोला बाबा के धन के के महिमा मेरे धन संतान बात सुन तुहजी तुहर कामाल उजी हे तो हर तुह नाम कमाल अच्छा अगला साल तो तोर बनवाई जाए